अलग थार अलग हूं और अलग ए रहूंगा बकरिया की रेस में कभी शेर नहीं तोड़ा कर दे अर्चा आप अजमाय लिए अर्चा किसी तक पूछ लिए जिसके लिए एक बार टूट जानी। नहीं फिर यार नहीं मोड़ा कर दे हैं? फिर यार नहीं मोड़ा कर दे, डार